अरे पिंकी मैंने तो कल का होमवर्क नहीं किया तूने किया है क्या अरे चिंटू कल का होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया अरे पिंकी अगर आज हम बिना होमवर्क या स्कूल गए ना तो टीचर बहुत मारेगी तो चिंटू अब क्या करें? सुन पिंकी आज हम स्कूल ही नहीं जाएंगे अरे तुम दोनों अभी तक स्कूल नहीं गए जाओ अब वर्रा लेट हो जाओगे अरे मम्मी अ, आज हम दोनों को स्कूल मत भेजो अ, हम दोनों कल चले जाएंगे हाँ हाँ मम्मी हाँ हाँ हम दोनों कल चले जाएंगे स्कूल तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और चुपचाप स्कूल जाओ वरना तुम दोनों का मैं अच्छे से इलाज कर दूंगी अभी जा रहे मम्मी जा रहे हैं चल पिंकी आ, अरे ये तो शेर है शेर कोई बचाओ हमें कोई बचाओ अरे पिंकी भाग अरे रुक जाओ चिंटू और पिंकी डरो मत आ, अरे बंदर भाई भाग जा यहाँ से वरना ये शेर तुझे भी नहीं छोड़ेगा अरे चिंटू भाई डर मत